फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है, सर देखिए और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी अकेले दुश्मन सैनिकों ने चिपके पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट धावा बोल दिया क्षेत्र में लेफ्टिनेंट सिंह की की आंख सर सर चकरा रहा था। पहाड़ से से से हुई पत्थरों की उस बौछार और घावों के साथ उनके सर पर भी भी चोट आई थी। अहमद, रवि। फिर भी, उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे कम से कम वो जिंदा तो थे भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा बहादुरी भाईचारे और भारत के लिए फौजी के बाद में आप लोगों ने देख लिया कितना शानदार है है ये गेम एक होता है, वहां और भी होते हैं लोग जैसा तो नहीं है लेकिन इससे भी कम नहीं है ये अपना इंडिया का है जब ये तो वीडियो देख रही हो वो लाइक कर दो और YouTube सब... चैनल कर तुम हो नहीं। मैं अपनी टीम को ढूंढ लूंगा और फिर हम इन बेहुदा लोगों को वापस घर भेज देंगे आ, अभी तक मेरे फौजियों का कुछ अता पता नहीं स्टार्ट ये यहां क्या कर रहे हैं ये वट देखो आई मेक यू मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं तो हो देखो आप क्या ये कोई आम बॉडी के विरोध नहीं है दोनों कायरों ने मेरे आदमियों को कहा छिपा रखा है friends Oh Oh Ah Ah No No No Hey Hiro tum hamesha to nahi bhag sakte Oh, oh. कोई जवाब होगा शाह तो नहीं भाग सकते शायद इनकी ऑफिस शायद इनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब होगा ही मरना पड़ेगा तुम कायरों ने मेरे आदमियों को कहा छिपा रखा है एक और कह ये कोई आम बॉर्डर पेट्रोल तो नहीं मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं तो हो जाए हमेशा तो नहीं भाग सकते ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। फौजी कभी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ता बॉर्डर अब नजदीक ही है मेरे साथी ज़्यादा तो नहीं होंगे अपने साथियों को निराश नहीं कर सकता के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है उस छोटे से टेंट की तंग जगह में एक साइड टेबल एस्ट्रे एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लालटेन रखी थी